हाय एवरीवन नमस्ते स्वागत है आपका मेरे चैनल में सो so, कैसे हो आप सब आज भी मेरा गला ठीक नहीं हुआ देखते किस दिन ठीक होगा उस दिन मैं कहूंगी आज मेरा गला ठीक हो गया है तो मौसम काफी अच्छा था पीछे देख सकते हो आप अभी थोड़ी धूप निकल रही फिर भी अच्छा है तो मैं छत पे आ गई फ्रेश एयर लेने एर के। आज मैं देख रही हूँ छत पे एक मिर्ची का पौधा है उसमें एक मिर्ची भी खिली हुई है कितना प्यारा लग रहा है ना यार कभी कभी ये बड़ा होगा जब मेरे घर मिर्ची नहीं रहेगी ना मैं यहीं से तोड़ के लेके चली जाऊँगी ये तुलसी जी का पेड़ है कितना अच्छा लग रहा है ना कितनी बड़ी सी हो गई है ये मीठी नीम का पेड़ है जब भी हमारे घर कुछ बनता है ना डोसा वगैरह या सामर तो यहीं से ले हैं ये उसका पेड़ है पकौड़ी बनती क्या बोलते हैं उसको अरवी अरवी का किस किसने इसकी पकौड़ी खाई है यार बताना ज़रा ये नींबू का पेड़ है पर इसने आज तक हम एक भी नींबू ना दी ये शमी का पौधा जो हर घर में होता है एक और तुलसी जी का पेड़ यहाँ पे कैटकस का भी पौधा है आज मैं देख रही हूँ इसका यूज क्या है यहाँ पे काफी दिनों बाद सबसे ऊपर वाले छत पे जा रही हूँ पूरा बनारस दिखता है पूरा नहीं आधा तो दिख ही जाता है दिखाती हूँ एक सेकंड बैकग्राउंड में देखो सब सब छोटा छोटा घर लग रहा है ना कितने बड़े बड़े पैक करके क्या दिखाती हूँ एक सेकेंड आधा बनारस दिख रहा है ना सबको अपना घर पहचानो बनारस में जो जो रहता है बताओ गजा वाला है ये सूर्य देवता भी दिख रहे हैं यहाँ से वो मंदिर दिख रही है आपको विश्वनाथ टेम्पल है छोटा सा दिख रहा है ना हाई कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये तो छोटू छोटू सब दिख रहा है हवा चल रही काफी दिन बारिश ही हवा चल सुबह सुबह सुबह सुबह क्या मतलब मैं उठ जाती हूँ सात आठ तक आज सात बजे तो नज़ारा देखने को मिलता बचपन शादी वगैरह में जब मुझे ऐसी कुर्सी मिलती थी ना कुर्सी के ऊपर कुर्सी तो मैं इस पर बैठती जरूर थी यहाँ हो रही सुबह की गर्मा गर्म चाय तुम चाय पीती हो नीते हाँ, हम तो नहीं पीते तुम भी तो नहीं पीती थी मेरे साथ खाली दूध का मतलब सबके लिए तुम दूसरा चाय पानी डालकर अपने लिए खाए हम तो तुमको बहुत भोली समझते थे मम्मी लेकिन तुम तो देव मानूस निकला Usually guys, मैं चाय पीती नहीं पर आज मौसम देख के मेरा मन कर दिया मम्मी का भी ये देखो आगे लेके चाय ब्रेड और लेंगे हम हम आ आप तो करो हाँ। कर क्या बना रहे हैं ऐसे ना, हम लोग इसको कहते हैं दाल फरा। आज मैंने काजल लगाई है बहुत ही रेयरली लगाती हूँ मैं काजल मुझे अच्छा नहीं लगता और वैसे से, से मैस कर देती हूँ ना तो एकदम तो बिल् बिल्लू बन जाती हूँ सुखाई ये जो काला पानी है ना पीछे दिख रही हूँ मैं ये काला पानी ना आज इसका मैगी बनाएंगे बहुत ज़्यादा मतलब लोग बोलते टेस्टी लगता है इस वाले पानी का सो बना के टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है अभी जाते हैं मैगी लेके आते हैं क्योंकि मैगी तो मेरे घर पर रहती ही नहीं है कभी मैं आई हूँ अपने फ़ोन का टेम्पर लगवाने क्योंकि काफ़ी दिन से टेम्पर लगा है गिरी तो फूट जाएगा और मम्मी ने कहा समोसे खाने का मन था तो उनके समोसे भी ले लिए मैंने मैगी ले लिया अभी टेम्पर लगवा लेती हूँ यार पहले नो 250 में टेम्पर लगाया मैंने 250 बोला वो मान भी फिर लगा गया फिर मैंने लगाया यार महंगा बोल दिया कम बोलना चाहिए था और ऐसे ही होता है अब मैगी ले, ले लेते हैं चलते हैं और तो मुझे ये सारी चॉकलेट दिला दो मज़ा आ जाएगा मुझे खैर छोड़ो अंकल मैगी है इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगता है मेरे को ये वाला ये जो है ना ग्रीन ग्रीन चीज जो लिखा जिसपे वो इसमें आपका फेवरेट चॉकलेट क्या है मेरे को ये अच्छा लगता है कहाँ गया कहाँ गया ये वाला ये ला ओरियो टैरे मिल्क नहीं टेरे मिल्क ओरियो इसमें है ही नहीं हो टे वाला लेके चलेंगे ये रेट वाला क्या नाम है इसका सीजलिंग हॉट ले का। ट्राई करते हैं तीखा होगा तो मज़ा आ जाएगा अभी अंदर मुझे मैगी दे रहे हैं लो पकड़ो ये ट्राई करते हैं ट्राई करो तीखा है ये तुम्हारे लायक तो तीखा अच्छा लगता है तीखा अच्छा लगता है ना है, हल्का। हल्का है। तीखा नहीं खाते तो उसके तीखा मेरे लिए मेरे लिए लिए जैसे मेरे मेरे हमको लग रहा दो दिन से हम लगातार समोसा खा रहे हैं तुम्हारी वजह से ये लिए मंगाई मेरा मन कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा गरम गर्म था भी है तुम क्या खा रहे हो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं काले पानी वाला मैगी कैसा लग रहा है देखने में इतना मैगी तो रेडी हो गए टेस्ट करते है देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना एकदम तो मसाले वाली लग रही है वाकई काफी अच्छा लग रहा है मम्मी टेस्ट टेस्ट मैग, टेस्ट हट के लग रही। हट के लग है अच्छा है लग है है है है ना ना ना रहा रहा थोड़ा थोड़ा अच्छा बस सा नमक कम नहीं नहीं मतलब लेकिन नमक देती तो और अच्छा लगता ना? इसका नाम है ना राम प्यारे, सो so, मैं आपको दिखाती हूँ बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है आई डोंट नो आपको कैसा लगे कैंटिन कैसी चूड़ियाँ बहुत ही प्यारी लग रही हैं मैंने मंगाया था भी मैं एक वीडियो शूट करूँगी ना दो तीन दिनों में जो सारी चीज़ें आ जाएंगी तो वीडियो शूट करूँगी इसके लिए मंगाया था चूड़ी वैसे ओप्लाइट कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है ना इसमें कम अच्छा आ रहा है बट रियल में बहुत ज़्यादा इसमें शाइन है अच्छा लग रहा है देखो आप आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अभी जब तक मेरा गला नहीं सही हो जाता आजकल मैं सही हो जाएगा एक दो दिन और लगेगा क्योंकि आज थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो जब तक मेरा गला नहीं सही हो जाता तब तो तक मैं घर पर ही ब्लॉग्स बना रही हूँ जो सही हो जाता मैं थोड़ा बाहर आउटडोर ब्लॉग्स बनाऊंगी है ना चलो पप बाय